तो हेलो गाइज़ कैसे हो आप लोग आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे तो लेके आ गए आपके लिए फ्री फायर मैक्स का गेम प्ले वीडियो तो देखते रहें चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चलिए शुरू करते हैं फ्री फायर मैक्स ये ऐसा कुछ ये अपनी लॉबी है भाई लॉबी तो अच्छी गासी लग रही है कार पड़ी है पीछे एडब्ल्यू में।, में ये कैरेक्टर दो कैरेक्टर है का तो है है है तो पेट भी भी इसमें ओ इसको करना पड़ता इमोट्स इमोट्स नाइस कुछ तो नया है भैया हाँ बिल्कुल तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना गेम स्टार्ट होने जा रहा है तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दीजिए हेलो भैया कैसे हो ओ, ये तो बहना है जिस्टर, जिस्टर, जिस्टर, जिस्टर, जिस्टर है। नमस्ते, नमस्ते। हम आपके रक्षक है ये पूरा ब्लड ज रहा है तो। अच्छा बज रहा है कौन बजा रहा है भाई? ओ वेनम का पोस्टर लगाया यहाँ पर फाइनली हम प्लान में आ चुके हैं देख सकते हैं आप इसी मैज का आई थिंक फैक्ट्री सुना सुना लगता है ना <laughs> तो आप कमेंट में जरूर बताएं आपने कहा सुना है oh, ओ wow! वाह फायर लिखा हुआ के नीचे बहुत अच्छा इंप्रूव किया है ये कार पड़ी है यहाँ पर पहले फोन लूट कर लेते हैं अंदर से थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ मुझे बहुत आ, मैंने ये डाउनलोड किया था कल तो मेरे को तो बहुत इम्प्रूवमेंट लगा यार इसमें आपको क्या लगा कमेंट में बताएँ फेमस दोनों एक ही होगी <coughs> मतलब जुकाम हो, हो गया है ओ भाई साहब भैस। ओ हो मैडम कहा जा रहे हेलो कहा गई वो भाग भाग बेटा भाग वो भाग जाएगी। चल चल उसके पीछे चल पर पीछे पीछे चल उसके बहुत तेज भागता है यार ये कहां गई वो ओ बिजली कड़क भाई साहब मैडम तो मिली नहीं यार क्या पता कहां भाग गई चलो अपू गाड़ी चलाते थोड़ी रही ना। अगर थे नील तेरको पता नहीं है क्या कौन हाँ लेता हूँ हो हो अच्छी लूट करके रखी है इसमें ओह हो ये भी ना कुछ नहीं दोस्तों नॉर्मल दिखा मैं आपको चौरम समझना कर जाओगे? चील की निगाह चील की निगाह आप हैं क्या? एक और है? चील की ध्यान रखना। हाँ। जाओगे हमसे बच के? कहास बल्ला भी है मेरे पास गैस बल्ले से मरू ना हाँ थॉम्सन है के अंदर बैठ है यूएमपी है लेकिन अपे को मेरे को नहीं चाहिए मेरे मेरे पास है अच्छी भाई सेन में तो हूँ मैं तो फिर क्यों है, क्यों ये की अपनी अपनी गाड़ी कहा गई यार वो वाटर कार कार अच्छी गाड़ी है गाड़ी वो बिजली भर्त कड़का यार मेरे को डर लग रहा है अभी ये चलाएँगे आपको जॉन, जॉन जॉन में तो था यार, अच्छा अच्छा था मेरी गाड़ी गई अच्छा अच्छा गाड़ी कौन है गाड़ी, गाड़ी, गाड़ी पीछे कई से तो कटाए कैसे सको यार भाई साहब ए डब्ल्यूएम का शॉर्ट दिया यार इसने था। ये था ये अबे तो ये कैसे किया इसने तो गाइज ये था अपना फ्री फायर मैक्स का गेम प्ले अर्जुन भाई साहब ने डब्लू डब्ल्यूएम से उड़ा दिया कोई बात नहीं तो आप हैं, मिलते हैं में तो देखते रहिए अपन भी कम नहीं थे यार